ओम गंग गढ़ नमः कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि जी हाँ ब्रह्मा वैवर्थ पुराण में लिखा हुआ है कि त्रयोदशी के दिन बैगन नहीं खाना चाहिए बुधवार दिन रहेगा 22 जनवरी तारीख रहेगी आज का पंचांग पंचांगवा राशिफल मे से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ नया लेकर के आया है इस विषय पर आज हम प्रकाश डालेंगे जी हाँ नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है आशीष वत्स और आप देख रहे हैं डेली हॉरोस्कोप इन हिंदी तो बाईस जनवरी का राशिफल क्या कहता है लेकिन पंचांग पर एक दृष्टि डालने फिर राशि फल पर आगे बढ़ते हैं पंचांग पांच अंगों से मिलकर के बना होता है कर, पर को कर, पर दिन भगवान गणेश जी का दिन रहेगा और आज हम आपको बताएंगे कि अपनी मनोकामना आप लोग कैसे पूर्ण करें नक्षत्र मूल और पूर्वासारा नक्षत्र रहेगा करण रहेगा योग व्याख्यात योग रहेगा समय पर आ जाते हैं अभिजीत मुहूर्त आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं लेकिन अमृत काल आएगा बारह बजकर सत्रह मिनट से एक बजकर सैंतीस मिनट तक की का समय जो रहेगा यह राहुकाल का रहेगा चंद्रदेव जो चलायमान रहेंगे ये देव गुरु बृहस्पति का साथ इनको मिल जाएगा गुरु चंद्रमा का गज केसरी योग जी हाथ आज रहेगा लेकिन केतु भी बैठा हुआ है तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कराएगा सूर्य देव मकर राशि कैपरी कौश कौन में जो है चलायमान है अपने पुत्र के घर में है और दर्शकों दिशा सूल की यदि हम बात करें तो उत्तर दिशा की ओर दिशा सूल रहेगा उत्तर दिशा की ओर जी हाँ यदि उत्तर दिशा की ओर आपको जाना हो तो कोशिश कीजिएगा इलायची का पिस्ते का सेवन कर लीजिए सफेद तिल का सेवन करके तब निकलिएगा और डायरेक्ट उत्तर की ओर ना जाकर के पहले आपको दक्षिण की ओर चलना रहेगा इसके बाद उत्तर दिशा की ओर जाना देखिए छोटे छोटे टिप्स बहुत ही आपके काम आएंगे तो दर्शकों अब बढ़ते हैं हम राशिफल पर फटाफट और राशिफल में जो हमारी पहली राशि आती है ये मेष राशि जी हाँ एरीज तो मेष राशि के जात आज का दिन मिला फल देने वाला रहेगा आर्थिक रूप से मध्यान्हन तक का समय ठीक रहेगा रुके कार्यों से आज धन की आवक रहेगी मेष राशि के जातकों आज धन लाभ की अपेक्षा खर्च अधिक करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं परिवार में पैतृक अथवा अन्य कारणों से कुछ ईगो को लेकर के आपसी मनमुटाव या टकराव हो सकता है निजी व्यवसाय अथवा नौकरी में अतिरिक्त कार्य मिलने से पूर्व निर्धारित जो भी आपके कार्यक्रम हैं ये रद्द होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज आप किसी के बीच बचाओ अथवा जमानती ना बने और परोपकार का भी आज आपके ऊपर उल्टा इल्जाम लग सकता है शाम तक का समय थोड़ा सा थकान वाला रहेगा लेकिन मानसिक रूप से प्रसन्नता रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो ओम गंग गणपतना महामंत्र का 108 बार आपको जाप करना रहेगा, रहेगा रहेगा रहेगा। शुभ शुभ कलर हरा, अंक के आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। मध्याहन तक ज्यादा झंझट वाले कार्य करने से बचें तो ठीक रहेगा किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए आज थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है इंतजार करना पड़ सकता है लेकिन मध्याहन के आसपास शाम तक की इस जो है आपके कार्यों को जो है पूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ रहा है परिजनों के साथ भावनात्मक आज आपके संबंध जुड़ेंगे आज, आज आपके घर में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है कुल मिलाकर के आप धन खर्च अधिक करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जिसके कारण आज, आज आपकी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो सकती है बिगड़ सकती है आज आपको गुढ़ और पारलौकिक रहस्यों को जानने में भी रुचि रहेगी धार्मिक क्षेत्र की लघु यात्राएं हो सकती हैं कार्यक्षेत्र पर तालमेल की कमी देखने को मिलेगी मित्र परिचितों से आज बात करते समय अपने विवेक का परिचय देंगे तो बेहतर रहेगा अन्यथा आज आप अपमानित हो सकते हैं कुछ हाई ब्लड प्रेशर की भी आज, आज आपको समस्या दिक्कत हो सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो गणेश जी को आज आपको मीठा पान चढ़ाना रहेगा शुभ कलर रहेगा ये आपके लिए रहेगा नीला और शुभ अंक रहेगा यह रहेगा, रहेगा आपके लिए दो हमारी जो अगली राशि आती, आती है ये मिथुन राशि मिथुन राशि के जात आज के दिन का आधा भाग व्यर्थ के कार्यों की व्यस्तता में बीतेगा लेकिन मध्याह्न के समय से कुछ आप मानसिक तनाव अनुभव करेंगे घरेलू वातावरण पहले की अपेक्षा आज कुछ अशांत रहेगा आज अन्य विषयों को लेकर के ऑफिस में किसी से बहस हो सकती है पर्यटन की योजना जो आपने बनाई थी वो बिगड़ सकती है पोस्टपोन हो सकती है घर के सदस्य की सेहत आकस्मिक रूप से खराब होने की संभावना है आर्थिक लेनदेन आज न करें पुराने रुके कार्य असफल होने से धन अटक सकता है प्रेम प्रसंगों से दूरी बनाए रखें अन्यथा मायूसी मिलेगी धन की कमी जो है आज रहती हुई दिखाई पड़ रही है वह जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं है ये आपकी लटकती हुई दिख रही है उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो आज के दिन गणेश अथर्वर्ष का आपको गणपति तो, आप से सेहत भी अन्य घरेलू कार्यो में अधिक व्यस्त रहेंगे गुरु चंद्रमा का गजकेशरी योग चंद्रदेव को गुरु का साथ मिल गया है तो निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक समय रहेगा धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है नौकरी में आज आपको कोई प्रमोशन इत्यादि के फाइल्स वगैरह आपकी आज चल सकती हैं घर में मेहमानों के आने से चहल पहल रहेगी आज किसी के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा जो है विश्वास नहीं करना अन्यथा हानि करा सकता है आय के नवीन साधनों की प्राप्ति होगी घर में आनंद का वातावरण रहेगा किसी महिला की मनोकामना पूर्ति होने पर मन बड़ा उत्साहित रहेगा उपाय के तौर पर कर्क राशि के जातकों को करना क्या रहेगा तो आज आपको गणेश जी को लौंग और इलायची चढ़ानी रहेगी शुभ कलर रहेगा ये रहेगा वाइट शुभ अंक रहेगा ये रहेगा एक लियो सिंह राशि सिंह राशि के जातको आज का दिन सामान्य फलदायक रहेगा कुछ विशेष कार्य नहीं रहने के कारण मध्याहन तक आपके ऊपर आलस से हावी रहेगा मध्याहन बाद सेहत भी थोड़ी सी प्रतिकूल बनने लगेगी आज आपके पिंडलियों में मतलब पैर की पिंडलियों में और घुटनों में कुछ दर्द हो सकता है घर में व्यर्थ के बाद विवाद से आपको बचना रहेगा गृहस्थ जीवन में आज आपका मन बहुत उबाऊ लगेगा आज आपकी कोई चुंगली आपके उच्चाधिकारी से कर सकता है लेकिन आपके व्यक्तित्व तो पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा उच्च अधिकारियों से आज आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है परिजनों से कुछ विचारों में मतभेद हो सकता है किसी जोखिम भरे कार्य को आज आपको करने से बचना रहेगा किसी दूसरे के लड़ाई झगड़े में आज आपको नहीं पड़ना रहेगा उपाय के तौर पर तो भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर के आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा ऑरेंज शुभ अंक रहेगा यह रहेगा छे कन्या राशि तो कन्या राशि के जात को आज के दिन आप कार्य क्षेत्र से कुछ समय निकालकर मित्र परिवार के साथ मनोरंजन में व्यतीत करेंगे परंतु आज आपको दुर्व्यसनों से दूर रहना अति आवश्यक है देखिए अति सर्वत्व वर्ग अति मत करिएगा शरीर के साथ मानहानि आज, आज आपकी हो सकती है आज परोपकार भी आप लोग करेंगे और कार्य पर आज कम समय देने के बाद भी संतोषजनक आपको धन लाभ होगा आज आपका व्यापार बहुत अच्छा बीतेगा आज किसी साथी के ऊपर अति विश्वास आपको ले, डूब, ले डूबेगा किसी नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है दांपत्य जीवन में चली आ रही कटुता दूर होगी और पहले से बेहतर रहेगा आज आपके संतानों की प्रगति से मन आपका जो है बड़ा संतोष पूर्ण आत्मसंतोष रहेगा मन में सेहत आज लगभग आपके सामान्य रहेगी आकस्मिक आने वाले क्रोध से बचिएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा कन्या राशि के जातकों को तो देखिए आज के दिन कोशिश कीजिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा शुभ अंक रहेगा आठ तुला राशि आज आप महत्वपूर्ण कार्यों को भी दरकिनार करके अपनी मनपसंद गतिविधियों में दिन व्यतीत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कार्यस्थल पर पहले से व्यवसाय करने से निर्धारित योजनाओं में विघ्न नहीं आएगा किसी वरिष्ठ सामाजिक व्यक्ति से भेंट होने से भविष्य के लिए लाभ के द्वार खुलेंगे कार्य क्षेत्र अथवा आज रिश्तेदारी से शुभ समाचार आपको प्राप्त होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं दोपहर के बाद का समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है आज उत्तम भोजन का सुख उत्तम वाहन का सुख और उत्तम घर का सुख भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज वैसे तो आप धार्मिक एवं परोपकारी रहेंगे फिर भी प्रलोभन से आज आपको बचने के सितारे सलाह दे रहे हैं आज लंबी दूरी की यात्राओं के योग बन रहे हैं उपाय के तौर पर आज आपको करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा कि रोटी में इलायची और गुड़ डाल करके गाय को खिलाइए शुभ कलर रहेगा हरा शुभ अंक रहेगा सात स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आज का दिन बेहतर रहने वाला है परंतु विदेश संबंधित कार्यों में व्यवधान आने अथवा विदेश स्थित जातकों को आकस्मिक कष्ट देखना पड़ेगा कार्य क्षेत्र पर आज अधिक समय न देने पर भी आशा से अधिक लाभ होगा सामाजिक रूप से भी आज आपका दिन अच्छा रहेगा बेहतर रहेगा मान सम्मान बढ़ने से आज गर्व की प्राउड की अनुभूति आपको हो सकती है समाज में आज आपकी छवि लोगों जैसी बनेगी व्यवसाय के सिलसिले में बन रही यात्राएं आज अचानक पुष्टपूर्ण हो सकती है बदल सकती है आज आपके घर में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है किसी दूसरे के लड़ाई झगड़े में मत पड़िएगा और थोड़ा सा अपने पेट का स्टमक का ध्यान रखिएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए साहब आज आपको करना ये रहेगा कि दुर्गा चालीसा का आपको पाठ करना रहेगा और दुर्गा जी के 32 नामों को आपको पढ़ना रहेगा शुभ कलर रहेगा पीला शुभ अंक रहेगा ये रहेगा एक राशि, धनु राशि के जात को आज का दिन पिछले कल से थोड़ा बेहतर रहेगा मध्यान्ह तक समय धैर्य से बिताने का प्रयास करें तो बेहतर रहेगा आज किसी केस में आपको सफलता मिल सकती है यदि आप बेरोजगार है तो टीचिंग क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई प्रोफेशन आज खटखटाएगा आपका भाग्य खटखटाएगा नई नौकरी मिलने का योग है आर्थिक विषय पर भी आज आपकी पकड़ बहुत अच्छी रहेगी भागीदारी के भागीदारी के कार्यों में आज आपको सावधान रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं लंबी यात्राएं होंगी परंतु इससे आज आपका कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाएगा आज किसी सरकारी उलझन में फंसते हुए दिख रहे हैं लेकिन शाम तक आप निकल लेंगे बाहर वाहन चलाते समय सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग करिएगा अन्यथा किसी प्रकार की चोट चपेट या सर्जरी वगैरह आपको हो सकती है परिवारजनों से कुछ मतभेद हो सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एक बार जाप करिए शुभ कलर रहेगा यह दो कैप्रिकॉन मकर राशि आज आप महत्वपूर्ण कार्यों को भी दरकिनार करके अपनी मनपसंद गतिविधियों से दिन व्यतीत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कार्यस्थल पर पहले से व्यवस्था करने से निर्धारित योजनाओं में विघ्न नहीं आएंगे किसी वरिष्ठ सामाजिक व्यक्ति से भेंट होने से भविष्य के लिए लाभ के द्वार खुलेंगे कार्य क्षेत्र अथवा रिश्तेदारियों से जो है शुभ समाचार प्राप्त होंगे दोपहर बाद का समय अच्छा रहेगा उत्तम रहेगा आज आपका खर्च देखिए थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा आज धार्मिक क्रियाकलापों में आप लोग प्रतिभाग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज ज्योतिष की तरफ भी आपका मन बहुत ज़्यादा झुकाव रहेगा विदेशों से शुभ समाचार की प्राप्ति होती हुई दिखाई पड़ रही है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोगों को करना ये रहेगा कि पीपल के वृक्ष पर जल में इलायची डाल आपको अर्पण करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा रेड शुभ अंक रहेगा ये रहेगा चार कुंभ राशि के जातकों आज के दिन परिवार में अप्रिय घटना घटने से मन दुखित हो सकता है प्रातःकाल का समय आलस में बीतेगा मध्यान्ह तक अपने वाणी व्यवहार को संयमित रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं किसी पास पड़ोसी से वर्चस्व को लेकर के टकराव की स्थिति आज बन सकती है पेशेंस से धैर्य से काम लीजिएगा आज किसी न किसी की उत्तेजक वाड़ी मानसिक संतुलन आपका बिगाड़ सकती है दोपहर तो बाद से राहत मिलने लगेगी बुद्धि विवेक से काम लेंगे आज परिजनों के साथ यात्राएं होगी और आज आप लोग है। धन आकस्मिक होगा, की है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो दुर्गा जी के बत्तीस नाम हुआ ओम गंगा गणपतना मंद्र का एक सौ आठ बार जाप करिए शुभ कलर रहेगा ब्राउन शुभ अंक रहेगा दो अंतिम राशि पर चलते हैं और फटाफट लाइक करिए आप लोग तो मेन राशि के जात को आज का दिन आपकी आशाओं पर खरा उतरेगा घर एवं बाहर अनुकूल वातावरण मिलने से मनचाहा कार्य करने में सुविधा रहेगी आज किसी बहुप्रतिष्ठित कार्य के बनने की भी संभावना है आज आपके स्वभाव में थोड़ा सा संकीपन या अड़ियलपन आ सकता है आ... आज सरकारी उच्चाधिकारियों से आपके कुछ बात विवाद हो सकते हैं धार्मिक गतिविधियों में जाने से मानसिक शांति मिलेगी विदेश से कोई आपको समाचार की प्राप्ति होती हुई दिखाई पड़ रही है घर में सुख के साधनों की खरीदारी पर खर्च करेंगे आर्थिक रूप से भी आज का दिन शुभ रहेगा कार्य व्यवसाय में मध्यान्हक आज, आज आपको जो है सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है शाम तक का समय आपके लिए अच्छा रहेगा किसी लजीज व्यंजन का आज आप लोग आनंद लेते हुए दिखाई साथ साथ ही किसी पुराने मित्रों से मुलाकात होगी आपको करना क्या रहेगा आज तो देखिए आज आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए पहली बात जरूर कर लीजिएगा बड़ा लाभदायक पाठ है दूसरा आज आपको करना यह रहेगा कि गणपति पढ़िए धन लाभ बहुत अच्छा होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा लाइट ग्रीन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम हमें कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाइए और दर्शकों यदि आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो हमसे पर्सनली मिल करके आप लोग अपनी जन्मकुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में और वार्षिक राशिफल सभी राशियों का हमारे चैनल पर पड़ चुका है आप लोग जाकर के देख सकते हैं तब तक के लिए जय श्री राम